ऐसे व्यूअर हैं जो कि वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तक देखें मजा आएगा वीडियो में। हेलो। तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, कैसे हो ठीक तो, तो, तो, एक बात पूछूं? पूछो तो, हम क्यूट पैदा हुए थे तुम्हारा इस गरीब बच्चे का गुजारा कैसे हो रहा है Sir yes sir me no piche mulo are tu guna mulo re sir apne toh number ka kuch nahi pata tha main toh 10 number me hu भाई साहब भाई साहब आपका चुका घूम रहे कहाँ घूम रहा है मजा क्या करता है घूरी A câmera tá. A câmera. Ação. Como saquei a vela? हुआ, क्यों बुलाए? ये लीजिए किस चीज़ का है? आपका किडनी फैल हो गया मेरा किडनी तो कभी स्कूल नहीं गया है फिर फैल कैसे हो गया <laughs> स्वागत करो हमारा। मेरी गर्ल फ्रेंड किसके साथ भागेगी उसका फोटो निकाल निकलिए गूगल छब्बीस जनवरी के, के तारीख को है बता दिए जी <क्णाँगा> कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को अरे दिवाली के टाइम है बम से उड़ा दे साली को आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। दारू पीना छोड़ दे अबे जब तक पीछे वाला पेड़ तीन तो दिखेगा, तब तक जब तक दिखाएगा तब तक नहीं पीने चढ़ेंगे सोना उगले उगले मेरे देश इस में तो कोई खुशबू नहीं रहा यार के यार हेलो पापा ट्रैफिक में हूँ तो तो। गांजा गांजा। दीपावली तो में आप क्या छोड़ते हैं कुछ दे दे बाबा। अल्लाह के नाम कुछ ना ना दे दे बाबा कुछ दे दे बाबा अल्लाह तुम्हारा भला करेगा अल्लाह दे दे भगवान अल्लाह अल्लाह के के नाम नाम पे नाम पे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कृपया वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताए उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक जरूर करें धन्यवाद